ओम शांति साकार मुरली चौदह जून दो हजार इक्कीस आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा प्रश्न है भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पढ़ते हैं उत्तर क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पढ़ते ही आए हैं पढ़ने ही हैं हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे गीत है ओ दूर के मुसाफिर ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं वह तो कुछ समझते नहीं शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं हमारा घर शांति धाम है मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्प्रेरी जीव आत्मा बनता हूँ तुम स्थाई जीव आत्मा हो मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्प्रेरी जीव आत्मा हूँ सो भी तुम्हारे मुआफ़िक नहीं बनता मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं दूसरा कोई नहीं जानते इसमें पवित्रता का भी बंधन है बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूँगा किसको भी छोड़ नहीं जाऊँगा वापस तो सबको जाना है प्रलय भी नहीं होनी है भारत खंड तो रहता ही है भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है बाकी सब धर्म विनाश होने हैं तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो तो गीत सुना कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाता है तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है अब नई दुनिया में चलना है जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है उनको दुनिया नहीं जानती सर्वव्यापी कह दिया है अभी तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो ये फैमिली हो गई ये है ईश्वरीय फैमिली किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं ये भी बड़ी पलटन हो जाती है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वरसा लेते हैं शास्त्रों में दिखाते हैं कि पांडवों और कौरवों ने खेल खेला राजाई दांव पे रखी अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है ताज आदि कुछ भी नहीं है दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला हथियार आदि छिपा जाए रखा ये सब हैं दंत कथाएं ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली है लड़ाई राजाओं की लगती है ये तो भाई भाई हैं लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की बाकी भाई एक दो को कैसे ख़त्म करेंगे दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े बाकी पांच पांडव बचे और एक कुत्ता रहा वह भी सब पहाड़ पर गल मरे खेल ही खलास राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं बुलाते भी हैं हे पतित पावन बाबा आओ आकर पतित से पावन बनाओ सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है कमल पुष्प समान पवित्र रहना है कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो वह तो हैं ही पवित्र यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए नहीं तो वे भी गृहस्थी हो पड़ेंगे कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंदरबी विवाह कराया जाता है वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो उनों को ही मेहनत होती है शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं ये तो स्कूल का स्कूल है घर का घर है और सत्संग का सत्संग सत एक बाप जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर आत्मा गोरी बनती है बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ प्योरिटी में रहने वाला हूँ मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ और तो कोई ऐसे मुसाफिर हैं नहीं बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में ये शरीर भी पराया है तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है ये इनका शरीर है ये पतित शरीर हमारा नहीं है आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर वन पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं पहला नंबर सोलह कला संपूर्ण था अब कोई कला नहीं रही है पतित तो सब हैं ही तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो यहां आकर पाठ बजाती हो इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ वह तो मनुष्य मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं वह हो गए भगत दाता तो एक ही है वही ज्ञान का सागर है उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है वह कोई यह तो समझाते नहीं हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो आत्मा पड़ती है यह कोई समझाते नहीं हैं क्योंकि देह अभिमान है अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे तुम जानते हो हम चौरासी जन्म का चक्र लगा चुके हैं बाप कहते हैं पाँच हजार वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं जानता हूँ गीता में आटे में लून मिसल कुछ है वही गीता का एपिसोड वही महाभारत की लड़ाई वही मनमना भव मध्याजी भव का ज्ञान है मामे कम याद करो लड़ाई भी बरोबर लगी है पांडवों की विजय हुई विजय माला विष्णु की गाई जाती है शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे फिर माला कहाँ से बनी अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं ऊपर में हैं पतित पावन बाप उनका यादगार चाहिए ना? भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है कोई आठ की माला कोई 108 की माला कोई 16,108 की बनाई है गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है हम चले जाएंगे अपने सुखधाम फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं चौरासी जन्म कैसे लेते हैं ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए हमारे सब दुख दूर करने श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है रावण के श्राप से सबको दुख होता है तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया भारत में ही शिव बाबा आते हैं भारत ही स्वर्ग था ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े जिसने चौरासी का चक्र नहीं खाया होगा वह ना धारणा करेंगे न कराएंगे उसके लिए समझा जाएगा कि इसने चौरासी जन्म नहीं लिए हैं यह देरी से आते हैं स्वर्ग में नहीं आते हैं पहले पहले जाना तो अच्छा है ना नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना सतयुग है नई दुनिया त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं पुरुषार्थ करना है प्रजा भी बनती जाएगी तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव हो जाता है कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है भल बहुत धनवान हैं परंतु इतनी फुर्सत नहीं पूरा निश्चय नहीं नहीं तो मास दो मास बाद आकर रिफ़्रेश हो सकते हैं उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी सूई पर जंक चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है जिनका पूरा योग होगा उनको झटकशिश होगी भाग आएंगे जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी हम चुंबक से मिलें गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो हम दर से कभी नहीं निकलेंगे परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी बाप कहते हैं हे hey, आत्माएं! मनमना भाव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में ऐसे नहीं कि यहाँ भागकर आए बैठ जाना है सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने फिर सर्विस पर जाना है बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है बाप की याद में रहना है पवित्र बनना है बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पढ़ते हैं कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है फिर विघ्न क्यों मनुष्य को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पढ़ते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पढ़ते हैं शास्त्रों में भी लिख दिया है कृष्ण को 16,108 पटरानियां थीं सर्प ने डसा राम की सीता चुराई गई अब रावण स्वर्ग में कहां से आए झूठ तो बहुत है कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे उनको पता ही नहीं जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं पतित को असुर कहा जाता है है ही रावण संप्रदाय अभी तुम संगम पर हो रावण राज्य से किनारा कर लिया है फिर भी कुछ लैस आती है ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं बैठे तो यहाँ ही हैं बुद्धि में ज्ञान है बैठे यहाँ हो परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है वास्तव में तो एक ही पॉइंट है मनमना भाव कितनों की चिट्ठियां आती हैं बाबा हम बांधेली हैं एक द्रौपदी तो नहीं है हजारों हो जाएंगी अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स पांच रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा खुशबू फैलती रहेगी यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है सदैव खुश रहते हैं ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं उन्होंने के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है अच्छा मीठे मीठे सिक्की बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट ज्ञान और योग में मजबूत बनना है अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझ कर फंसना नहीं है बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है सेकेंड पॉइंट अभी हमारी चढ़ती कला है बाबा हमारे सब दुख दूर करने श्राप मिठाए वर्षा देने आए हैं बाप और बरसे को याद कर अपार खुशी में रहना है जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है वरदान स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव सार जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है लेकिन जब स्वमान से स्वा शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियाँ होने लगती हैं इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे स्लोगन तपस्या करनी है तो समय को बचाओ बहाना नहीं दो ओम शांति